फ्रेंड्स मनोज हो गया टेक्निकल ओगी हो, हो गया टैग चैंपियन सपोर्ट हो गया जितना मेरे बड़ा बड़ा क्रिएटर है तो दोस्तों ये वीडियो अपलोड करने के बाद 24 घंटे के बाद ये दो काम करता है तभी इसका वीड़ी में वीड़ी आता है। जितना भी नया यूट्यूब आप सबको होना चाहिए आपको अपलोड आप करते हो वीडियो अपलोड करने के बाद क्या करते हो आप लोग व्हाइट स्टूड में जाने का आप देखते हो कि आपका वीडियो में व्यूज आया है कि नहीं अगर दोस्तों आपका वीडियो में व्यूज नहीं आता है तो आप क्या करते हो इस वीडियो को छोड़ देते हो इस वीडियो को कुछ काम नहीं करते हो दोस्तों बड़ा बड़ा क्रिएटर जैसे मनोज देख टेक्निकल योगी हो गया टेक्स चैम्पियन सुपोर्ट जितना तो भी बड़ा-बड़ा क्रिएटर है और वीडियो में देखा आ चुका है जैसे का वीडियो में नहीं आ रहा था तो पे 1000 तो तो है और और क्लिक क्लिक है है 11 मैं पे आपको बताऊंगा इस कहां से भिजा रहा है पूरा बोज फिशन से भिज रहा है YouTube खुद भेज रहा है किसी का बोरोज फिसर में तभी मेरा वीडियो में व्यूज आ रहा है ठीक है पूरा भिजा रहा है छब्बीस घंटा इसका वास्ट भी आया इस वीडियो में दोस्तों में दूसरा मैं आपको दिखा रहा था आपको बस संतुष्ट करने के लिए दूसरा रहा है मेरा पहले का वीडियो कोई नंबर पर रैंक नहीं कर था अभी वो ट्रिक यूज करता हूँ मेरा एक नंबर पर रैंक कर रहा है इसमें नौ सौ प्लस सब्सक्राइब आ चुका है हूं। में चलाता हूँ मैं क्लिक करता हूँ रिच मिलेशन आठ हजार पांच सौ लोगों का चौबीस घंटे के, के बाद आपको आपको एक काम कर, करना है और एक काम घंटे का बात करना है दोनों आप सुन के जाने का दोनों आपको दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपको क्या करना आपको स्टोर में आ जाने मान लेता हूँ मैं वीडियो अपलोड किया मान लो आपने ये वीडियो अपलोड किया अपलोड करने का दस मिनट दस के अंदर ऑपरेट कर दियो ऑपरेट करने के बाद पब्लिक पब्लिक कर दियो पब्लिक करने के बाद आपको 10 मिनट में यह काम करना है ठीक है 10 मिनट के अंदर यह काम करना है पब्लिक करने के बाद 10 मिनट का बाद यह काम करना है अपने क्या करना आपका टाइटल कॉपी करना है ठीक है या आपका टाइटल कॉपी करना है दो टाइटल लगा है दोनों टाइटल आपको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद बताऊंगा और ऐसा तो काम आप कर लेते हैं आपका ले तो वीडियो भी व्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है आपको लेना है अपना कॉरम्बो लेना आप तो लोग आप लोग यूट्यूब एस youtube studio आपको यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है दोस्तों में जैसे तो ऐसा करना है आपको वीडियो में बराबर बड़ा क्रेडअप ये काम करता है तो मैं अपना वाइटिंग स्टूडियो ओपन कर दिया और जो डेस्ट आप मेरा वाइट डिडियो ओपन हो गया डेस्ट बोर्ड में ठीक है ओपन हो गया आपको क्या कोने में एक सेटिंग दिया गया है जिम करके दिखा देता हूँ तो आपको कोने में एक सेटिंग दिया गया सेटिंग में आप लोग क्लिक करने ठीक है मैं जैसे बोल रहा हूँ आप करना दोस्तों आपका वीडियो रैंक जरूर बढ़ेगा, जरूर आपका वीडियो का इंप्रेशन यूट्यूब खुद दूसरों को भेजेगा बराबर क्रिएटर ये काम करता है तभी भी इसका वीडियो में मिलियन में व्यूज आता है हजारों में व्यूज आता है तो आपका कहना है सिर्फ में क्रिका हो चैनल में क्लिक करना है चैनल में क्लिक जो लिंक आपने कॉपी किया है लिंक आपने पेस्ट कर देने का ठीक है आपे, आपको पेस्ट करके ये आप इस, इसको सेव कर देने का है। ये पहला वाला वा काम है तो सेकंड वाला और सेकंड वाला आपको सुन के जाने का है। ये ये तो इस, ये तो करना ही है दस मिनट के बाद वीडियो अपलोड करने के दस मिनट के बाद ये करना है सेकंड वाला भी आपको करना ही है दोस्तों आपको जो सेकंड वाला टाइटल हो गया पे, आपको, आपको पेस्ट कर देने का ठीक है आपको पेश और उसका आपको दूसरा जो सेटिंग से है दूसरा जो काम है वो काम आपको है। वो काम भी आपको डस्ट मोड में ही करना है आपको आसानी होगा करने में चलाना तो है जो आपका आपको क्या कहना है एडिट पर क्लिक में चला गया कॉन्टेंट में मान लो तो मेरा में क्लिक करता हूँ क्लिक करना होगा आपको कहना अभी एनलिस्ट का ऑप्शन दिया है वीडियो जिम का दिखाता हूं आपको वीडियो जहाँ पे लगाए हमें वो आप लोग क्लिक करना ठीक है आप लोग क्लिक करना है क्लिक करना क्या करना आप लोग मत करना है यार ये काम आपको करना ही है 24 घंटे 12 घंटे के बाद 12 घंटे के बाद आ जाता है 12 घंटे बाद यह काम कर आपको करना है आपका वीडियो में आपका वीडियो 100% रैंक हो जाएगा आपका वीडियो 100% चला जाएगा आपको कहा रिच में कले करना है आपको मालूम करना आपका वीडियो कहाँ से व्यूज आया है आपका वीडियो में जितना है चालीस पचास व्यूज आया कहां से है बोर फ्यूचर से आया कहा से आया आपका वीडियो से तो सार्च में आपको करना है आपको बोर फ्यूचर से तो बोर से आपको करना नयाचिंग से आप नया वीडियो ज्यादा भूज आया तो और आपको भी करना है तो आपका है तो हम लोग को भी आएगा इसको नीचे पूरा कॉपी हो जाएगा तो क्या क्या सेटिंग देना आपको तो, आपको बाक, बाक कर देना। करना तो आपको बताऊंगा दोस्तों अपना नोटबुक नया टेब ले नोटबुक क्लिक करना है जितना भी नंबर आया नंबर को आपको कट कर देने का ठीक है दोस्तों नंबर को कट करने का आपको क्या करना है कोमा लगा देने का एक कोमा लगा देना ताकि आपको टैग लगा पेस्ट करोगे वहां पर जाके पूरा ऑटोमेटिकली टैग में पेस्ट हो जाएगा में कन्वर्ट हो जाएगा मैं तो पूरा पूरा ऐसे इसका से इस नंबर नंबर है डाल देना है तो आपको क्या करना तो में कुछ आपका आ जाएगा आपको देना है कॉपी कर लेना है आपको डस्टबिन में वो वो वो वीडियो वीडियो वीडियो का का कंटेंट में जाने जो जो आपने जो से टैग निकाला वो वीडियो में जाने का है ठीक वीडियो सीधा एडिटिंग का ऑप्शन दिया टैग है ना आप ट्यूब आपका रैंग कैंसिल करने का हटा देने का ठीक है, है जो टैग रंग कर रहा है वो टैग रहने देने का जो टैग रंग नहीं कर रहा है नंबर नहीं आ रहा है वो टैग आपको हटा देने का है। कुछ इस पर आ गया साइड में ऐसा टैग आपका रंग नहीं कर रहा है तो उसको हटा देने का ठीक है तो आपको कहना यहाँ पे जाकर प्रेस कर देने का प्रेस करने का और कम करना है व्हाइट स्टूडियो में आपने व्हाइट स्टूडियो में आ गया वही वीडियो ओपन कर दिया वो वीडियो बना आपको पेंसिल के आका में क्लिक करने का पेंसिल के आगे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आने का आपको वो कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर देगा मैं मैं बेच करता हूँ डिसिज्जन यू आर कोरिज करके आपने लिखा है ना यू आर ये इसके नीचे आपको इसको इसको भी पेस्ट कर का है ये दो, दोनों तीनों काम अगर आप कर लेते हो तो आपका वीडियो व्यूज़ ऑल तो कर देना दोस्तों कुछ ऐसे ही चैनल में बनाते रहता हूँ अगर दोस्तों आप हैं तो कर